गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में सब कुछ संभव है राहुल गांधी आटे को लीटर में तोल सकते हैं सुरजे अंडों को किलो में और अशोक गहलोत मास्क लगाकर चरणामृत पी जाते हैं इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के मध्य प्रदेश आने आरोप कहा की यह गौरव की बात है की पीएम मोदी उनके जन्म पर मध्य प्रदेश में रहेंगे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा हमारे लिए गौरव की बात है की प्रधानमंत्री भी उनके जन्मदिन के अवसर पर हमारे बीच में रहेंगे उस दिन वे सहायता समूह की माता-बहनों को भी संबोधित रणवीर आर्या ने प्रदर्शन को देखते हुए स्वयं ही महाकाल के दर्शन नहीं किए उनके साथियों ने दर्शन किए हैं प्रशासन तो ने सभी के लिए दर्शन के पर्याप्त बंदोबस्त किए थे देखिए प्रदर्शन होना किसी विषय का ये अलग विषय है दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी उनके साथ के लोग सभी मुखर्जी से लेके, बाकी लोग सबने दर्शन की पूरी व्यवस्था व्यवस्था थी, विवस्ता की गई थी इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें मेरी वहां के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए पर ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार है उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावना आहत हो नरोत्तम नरोनों हवा को ही हवा मार्ग से बैलेंस कर सकते हैं कमलनाथ जरूर राहुल गांधी से मतभेदों के चलते यात्रा से परहेज कर रहे हैं उन्होंने कहा हास्यास्पद है की टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में सबसे पहले खड़े होने वाले भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के आटा लीटर वाले बयान पर भी चुटकी ली। वो हवा हवाई नेता हैं, दोनों को बैलेंस कर सकते हैं हवा मार्ग से मैं ये मानता हूं कि आदरणीय राहुल जी से उनका मतभेद किसी ना किसी विषय पर रहा है जब उन्होंने पहले कुछ महिला के बारे में बोला था और राहुल जी ने आपत्ति की थी तब भी उन्होंने माफी नहीं मांगी थी कहने के बाद नहीं मांगी वो इसी तरह से इस यात्रा से परेज कर रहे होंगे जैसा आप कहते हैं अब कितना अजीब विषय है और शब्द पे आपत्ति इसलिए है कि वो व्यक्ति जो भारत मेरे टुकड़े होंगे इंशाला इंशाला टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है टूट कांग्रेस रही है जोड़ भारत को रहा है अब जब उनकी करने वाले लीटर में आटा कर सकते हैं उनके सुरजेवाल जी किलो में अंडे तोल सकते हैं तो फिर तो वो मास्क लगा के चरना मत लेंगे वैसे कोरोना काल में मैंने ऐसा कोई मास्क नहीं देखा जिसे लगा के आप कुछ खा पी सकते हो लेकिन ये जो कांग्रेस की प्रतिभाएंजिंग दैन पावर टू द बिगेस्ट इन दर्ल्ड एल एन ग्रुप चूज दू बन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन